वेलकम दोस्तों मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा आज मेरे साथ हैं हैं हैं फोर्सेस से से दिल्ली में साल से अपनी दिक्कत बताओ को मैं बताऊं कि तुम्हें बीमारी क्या है और आज दूसरी बार ये मेरे पास आए हैं कल ये फर्स्ट टाइम आए थे बताओ ये सर मेरा ये तकलीफ है कितना साल हो गया 4, years old, sir. Okay. Okay. जी, और 47 48 48 22 पच्चीस so, तो को नहीं मिले कुछ बताया उसने कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ सर क्या इलाज किया उसने मेरा नगर है वो दवा बना दी देगा उसको छोड़ दी देखा इलाज कर दिया आ, शायद आ, तो वो एम डॉक्टर थे जी सर अच्छा तो मोस्टली मेरा ये मानना है कि जिनके पास भी गए उनको एवियन के बारे में सस्पेक्टेड नहीं था वो ये सोच के कि ये फोर्स में काम करते हैं कोई इंजरी नहीं होगी उसी तरह से ये ट्रीटमेंट हुआ तो दोस्तों ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ पूरी एन तक देखिएगा कि एवियन क्या होती है आपको अभी तक एवियन के बारे में कुछ समझ आया है क्या समझ आया है बताओ। तो काम आसान हो जाएगा। जो तो होता है होता है के बारे में उसका ब्लड सप्लाई हाँ। रुक गया है। जो कि चोट लगी होगी आपको जवानी में और धीरे धीरे वो ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से वो जो खुला है वो खत्म होने डेड होने लग गया यानी की आप वो जैसे किसी भी पार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती नीला पड़ जाता है काला पड़ जाता है वैसे ही बोन भी अगर उसकी जो आर्टीरियल सप्लाई होती है जो अच्छा खून देती है नस वो चोट लगने के कारण उसको खून देना बंद कर देती है ठीक है और इसलिए भी वीडियो बना बनाना कि इसके बहुत सारे कारण होते हैं जनरली जो कारण होता है वो सिर्फ चोट लगना ही होता है आपकी खेल कूद में आप नागालैंड के लोग फुटबॉल बहुत खेलते हैं नॉर्थ ईस्ट में है ना, में? अच्छा। है ना? तो उसमें या कभी घुड़सवारी या कोई भी ऐसी ट्रेनिंग में कोई भी ऐसी चोट लगी हो जिसकी वजह से ये ब्लड सप्लाई रुक जाती है तब ये स्टार्टिंग में नहीं पता चलता स्टार्टिंग में ये चोट के फॉर्म में ही होता है ना किसी एक्सरे में आता है ना किसी एम में आता है इसको नॉर्मल चोट की तरह ही ठीक करते हैं इसको एवियन लेवल तक पहुँचने में कई बार दस पंद्रह साल लग जाते हैं तो अगर यही किसी भी तरह से एम आर आई करा के अर्ली स्टेज में पता चल लिया जाए तो उस एवेन होने से शायद तो रोक सकते हैं बट लेटेस्ट स्टेज में अब हम आपका पैलेटिव थेरेपी करेंगे ताकि इम्बेलेंस को कम कर सकें आपका जो कुछ भी हेल्प हो सकता है वो हम कर सकें और आप 48 एट के हैं तो जब आपको लगे कि दिक्कत ज़्यादा हो रही है तब आप हेप रिप्लेसमेंट सबसे आसान सर्जरी होती है क्योंकि ये रिप्लेसमेंट सर्जरी जो होती है वो इमरजेंसी में नहीं कराता कोई कि मैं बोलू आज ही जाके करानी है ये जब आपको लगे कि आपके 15 दिन या एक महीना फ्री है आप जाके करा लीजिए इसमें कोई नुकसान नहीं होता आप दस दिन में पंद्रह दिन में चलने भी लग जाते हैं चलना तो आप अगले दिन ही चालू कर देते हो सर्जरी के क्योंकि सबसे ज्यादा मसल काम होता है बम्स में ही होता है के आसपास ही होता है। तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है और बहुत बढ़िया से रिस्पॉन्ड करता है किसी को कभी कोई दिक्कत उसके बाद नहीं होती अब जब तक कि आप एक पुराना डेड हिप लेके चलते रहोगे आपका हिप भी नहीं होड़ेगा और अगर हम कोशिश करेंगे तो आपकी दिक्कत या दर्द तो आ, इंडियन डॉलर भी यूज करते हैं तो क्योंकि ये यूज करते रहते हैं तो उनका बॉडी एडजस्टेड है कई सालों से कर रहे हैं आ, जब घर जाते हैं तो वहां पर इंडियन डॉलेट है वेस्टर्न डॉलेट कहीं पे नहीं है कितना दिक्कत होता है इंडियन डॉलेट के बाद बट अदरवाइज नहीं होता है नहीं। तो आप अगर हैबिचुअल हो तो करते रहो बट जहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट मिले कुर्सी वाला यूज कर लो और मैं ये भी भूलू कि वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करो क्योंकि बाद में भी आपको दिक्कत होगा तो ये सारी चीजें हैं पैड मुड़ के नहीं बैठना मुड़के बैठते हो नहीं सकते बैठ ही नहीं सकते और कोई और सवाल सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हाँ। हाँ। तो देखिए मेरे लिए क्योंकि मैं काफी ए वी करता रहा हूँ लोग काफी पेशेंट्स को को बनाते रहे और दवाइयां देते रहते हैं उनको एव के बारे में समझाते नहीं है तो ये मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज जाता है क्योंकि ये भी थेरेपी कराने के माइंड से ही आए थे ये सोच के कोई भी पेशेंट नहीं आता किसी भी डॉक्टर के पास कि वो उनको सर्जरी के लिए एडवाइस करेगा और खासतौर से कायल प्रस के पास लोग से बढ़िया चटकाने के लिए आते हैं जिससे सोचते हैं वो ठीक हो जाते हैं लेकिन हम जैसे लोगों की पूरी मेडिकल की पढ़ाई होती है सही राय देना मेरा काम है कोई मिले आपको जो बोले मैं जिसमें इंजेक्शन लगा देता हूँ कोई मिले कि मैं कुछ कर देता हूँ कुछ नहीं कराना सिर्फ जब भी, भी आपको टाइम मिले जब भी आप करना चाहो एक और चीज है अगर ये बहुत लेट करते हैं अब क्योंकि लेफ्ट हेपिन का नेकलोस हो चुका है अब तुम्हारा राइट घुटना भी खराब होने लग जाएगा इसीलिए मैं ये इंसोल बना के में दे रहा हूं कि बचा सकूं क्योंकि जब अगर ये कूला वेट नहीं लेगा सारा वेट कहा जाएगा इस पे जाएगा लेफ्ट पे जाएगा सारा लेफ्ट हेड पे अफेक्ट होगा लेफ्ट हेड भी खराब होगा लेफ्ट घुटना भी खराब होगा है हाँ। ना क्योंकि बैलेंस सारा इस तरह से रहेगा तो फोर्टी एट बहुत परफेक्ट एज है सर्जरी कराने की जब भी आ, क्योंकि यहाँ पे आ, सर्विस में बट मुझे इतना भी पता है कि नागालैंड वुड नॉट बी दी राइट प्लेस फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू सर्जरी बहुत बड़ी चीज नहीं है बहुत बेसिक सर्जरी है फैमिली इनकी वहीं रहती है तो आप जहाँ पर भी कराना चाहते हो दिक्कत सिर्फ दो तो चार पांच दिन की होती है वही आपका दोस्त भी यहाँ पर मदद कर सकते हैं कहीं पर भी आप जो भी आपकी कंफर्टेबल जगह हो आप वहाँ जाके रिप्लेसमेंट करा लो मैं इनकी थोड़ी बहुत थेरेपी करूँगा ताकि जो भी इनको आराम दे सकता हूँ जो भी इनको एक्सरसाइज बता सकता हूँ और कस्टमाइज इंसूल दूँगा ताकि वेट अलाइनमेंट इनका बना रहे बहुत ज़्यादा डिटोरिएशन नहीं हो और आप में से भी किसी को कोई भी क्वेश्चन हो एवेस्किलोसिस के बारे में एव एन के बारे में आप इस वीडियो में पूछ सकते हो और भी कुछ बताना चाहते हो जो भी माइंड में है कोई भी सवाल मुझसे और हो मैं सारे जवाब देने के लिए रेडी हूँ <laughs> आप कुछ क्यों अगर हमको इतना पता है ना उसने बताया ना उसका उसने किसने उसने ना हाँ <laughs> बीमारी है ना मेरा कई बार क्या पेशेंट इस वक्त एक तरह के शॉक में होता है ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकता है ना? अभी पेशेंट दस लोगों से बात करेगा डिस्कस करेगा, सोचेगा, करेगा, सोचेगा, प्लानिंग है ना? तो ये सारी चीजें करना भी जरूरी है फैमिली से भी डिस्कस करना जरूरी है फ्रेंड से भी डिस्कस करना जरूरी है लेकिन मैं इसलिए आपको कर रहा हूँ कि किसी के भीट्रेन डॉक्टर अनकालिफाइड डॉक्टर दवाइया हमारे हिंदुस्तान और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज में बहुत सारे लोग में पट्टी बांध दूंगा मेरी बताई हुई छे मई दवाइयाँ दे देना होम्योपैथिक मेडिसिन दे, दे, दे देंगे है न क्लेन जो करेंगे उसमें आप ज़्यादा पैसा फैसला करोगे कंपेयर टू सर्जरी में सर्जरी दस पंद्रह दिन के अंदर आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी कुछ दिन फिजियोथेरेपी जरूर करनी पड़ेगी आपकी सारी प्रॉब्लम पूरी लाइफ के लिए खत्म हो जाएगी अब जो हैं, सर्जरी होती है इसमें 100 है इसमें सक्सेस रेट होता तो अगर आपको कोई भी सवाल हो प्लीज हमसे पूछे और ज्यादा से क्वेश्चन पूछें आई विल बी हैप्पी टू आंसर थैंक यू